नमस्कार दोस्तों स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे कुछ हफ्ता पहले मैं दोस्तों अनबॉक्सिंग बनाने के लिए कुछ सामान ढूंढ रहा था वेबसाइट पे नाम नहीं है इसमें लिखाया हुआ है नाम तो ऐसे ये है वो तो मुझे छोटी छोटे चीज़ में बहुत इंटरेस्ट मिला और इसमें इंटरेस्ट आया तो मैंने ये ख़रीद लिया एमेजाम मेरे को चार सौ में तो पैसा पर बात करने के लिए आपका भाई है तो आप लोग बर्बाद ना करें और पूरा वीडियो ध्यान से देखें जो मैं वीडियो अनबॉक्सिंग करने वाला हूं दोस्तों तो उसको पूरा ध्यान से देख लें और आपको सोच रहे नो इस प्रोडक्ट को आपको परचेस करना है कि नहीं करना है तो इस वीडियो को जरूर देखें एंड तक देखें साथ ही दोस्तों मैं एक बात बता दूं कि प्लीज़ आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और साथ ही बेलाइकन के बटन दबा दें हम लोग छोटे छोटे वीडियो अनबॉक्सिंग करते रहते हैं छोटे छोटे प्रोडक्ट का जिससे आपको जानकारी मिल सके कि उस प्रोडक्ट को परचेज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए तो मैं इस वीडियो को अब इस बॉक्स को अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ तो आप देखें मैं पहले इसको बॉक्स को अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ यूज़ भी कर चुका हूँ इसलिए आपको इसका पूरी जानकारी देने के लिए ये वीडियो को बना रहा हूँ शायद मैं इसको वापस भी करने वाला था लेकिन इसमें क्या है अब यूज़ हो गए तो धाग धब पलट गए तो शायद ही कंपनी वापस लेगा इसलिए मैंने इसको रख लिया यहाँ पर और इसका वीडियो बना रहा हूँ तो वीडियो को जरूर देखिए दोस्तों ये तक देखिए चलो अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं इसको मैंने पैकिंग कर दिया था यहाँ पे इसको ऐसे फाड़ ऐसे चलो देखें काफी इंटरेस्टिंग है लुक भी जबरदस्त है और इस तरह से ये हमारे प्रोडक्ट सामने इसको मैं नीचे रख देता हूँ ये है ये बहुत ही एडवर्टाइज कर रहा था तो मैंने सोच लिया कि यहाँ पे मैं खरीद ही लूँ इसको और आप पैसा बर्बाद ना करें ऐसे छोटे छोटे सामान के लिए कंपनी इसे बहुत कमाती है तो आप देख लीजिए यहाँ पे मैं साथ ही अंडर लेकर भी लाया ला चुका हूँ इसमें दिखाने के लिए आपको कि ये काम करता है कि वर्क करता है कि नहीं करता है इसमें मैं यूज़ भी कर चुका हूँ इस तरह से और इसका लुक और डिजाइन बहुत ही कमाल का है बहुत बेहतरीन है अच्छा है इसका सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा ये लुक जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है बहुत बढ़िया सामान है बढ़िया, बढ़िया है, बड़, है प्रोडक्ट मैं वीडियो का प्रचार नहीं करता साथ ही दोस्तों एक बार बता दूँ कि वीडियो कोई भी विज्ञापन का प्रचार मैं नहीं कर रहा हूँ सिर्फ मनोरंजन एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है वीडियो और कोई भी कंपनी का वीडियो एडवर्टाइज नहीं कर रहा ये वीडियो न मैं किसी कंपनी में काम वाम नहीं करता हूँ मैं पैसा बर्बाद कर रहा हूँ ऐसी छोटी छोटी वीडियो बनाकर तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें जिससे और मोटिवेट हो जाऊँ मैं और और बहुत बड़ा बड़ा सामान का अनबॉक्सिंग करूँ तो चलिए एक और है ये अभी तो देख लिए होंगे वीडियो पे इसमें नौ सौ एम एल नब्बे एम एल नब्बे एम एल दस एम एल बीस एम एल तीस एम एल चालीस एम कुछ लिखाया हुआ है इसमें जियो वाटर इसमें मापा जाता है इसका साइड और ये खुलता उल्टा नहीं है पूरा पैकिंग है ठीक है और ये स्विच है ऑन का नीचे में फ़ैन लगा हुआ है यहाँ पे फ़ैन है जो ज़्यादा हीट को बाहर निकाल देता है और इसका तार एक प्लग बहुत छोटी सी है अब इसमें वो आप लोग चाहते तो वायर भी इसमें जोड़ सकते हैं अगर कोई वैज्ञानिक दिमाग हो तो ये ऊपर का रखने वाली चीज़ है इसको पहले रखते हैं यहाँ पे उसके बाद इसको ठीक है ये जो गर्म हवा निकलता है यहाँ से ज़्यादा भाप हो जाता है वो बाहर निकल जाता है इसमें तो चलिए पूरे देख लिए होंगे आप तो और कोई बताने की ज़रूरत नहीं है इसमें कुछ नहीं है और, और कुछ नहीं है इसमें दोस्तों ठीक है अब देख लो प्रोडक्ट मैंने दिखा दिया है आपको ख़रीदना है कि नहीं ख़रीदना है वो आप लोग देखिए अब मैं ये भी नहीं कह सकते कि इस प्रोडक्ट को आप मत खरीदिए है ना और सिर्फ ये इंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है दोस्तों वीडियो अनबॉक्सिंग के थ्रू और पैसा बर्बाद किया गया है छोटी-छोटी पैसे में तो छोटे छोटे प्रोडक्ट में बहुत पैसा बर्बाद होता है इसलिए मैं आपको सजेशन करता हूँ कि इस प्रोडक्ट तो आप तो पूरा देख लीजिए ध्यान से उसको बात ख़रीदना है कि नहीं ख़रीदना है वो आप बताना मुझे कमेंट सेक्शन में आप देख रहे हैं उसको कमेंट सेक्शन में बता देना तो चलिए मैं इसके लिए वाटर लाता हूँ पानी इसमें डालकर तो ये मैंने वाटर ला लिया यहाँ पर पूरे भरकर अब इस पर डालते हैं हम ठीक है पूरे भरना है पानी कम ना हो उसके बाद ये वाला जो ऊपर का है यहाँ पे मैंने दुकान से दो अंडे मंगाए हैं इसको भी देख लीजिए एक यहाँ पे ऐसे तो इसमें सात अंडे की दिया हुआ है ठीक अब इसमें एक मैंने दो जब शुरू में इसको ओपन किया था तो मैंने सात अंडा इसमें उबाले थे अब मैंने खा भी लिए तो अभी आप आप दोनों अब जो देख रहे हैं उसके लिए अंडे उबाल रहा हूँ तो ये दो ठीक है कहीं पे रख दो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अब इसे ढक देना है ढक देने के बाद करंट पे प्लग इन करना है और ये जो बटन दिया हुआ है यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑन आपका है इसको चालू करना है ठीक है ये ऑन हो गया बत्ती ग्लो करने लगा है थोड़ा वेट करते हैं ठीक है अब भाप आने लगा है देखो तो यहाँ पर घुमा देते हैं थोड़ा अब भाप को भी देख लेना इसका वायर बहुत छोटा है ना नीचे में आप सुन रहे होंगे पंखी की आवाज़ है मैं सुना देता हूँ पूरा देखिए छोटी छोटी बूंदे आ रहे यहाँ पे पानी का यहां पे दिख रहा होगा आप ये सोच रहे होंगे कि ये पिघल जाएगा क्या नहीं नहीं पिघलेगा नहीं, नहीं बहुत गर्म हो जाएगा फिर भी पिघले नहीं पाँच मिनट लगता है उबलने में दो तीन मिनट हो गए मैं पॉज करके दिखा रहा हूं वीडियो को इसको खोल कर देखें तो काफ़ी गर्म है देखिए चलो दोस्तों हो गया अंडा उबल गया है अब लोग अंडा को मैं पार्सल कर दूंगा जो जो कमेंट करेगा उसे एक अंडा फ्री तो यहाँ पर हम अंडा उबाल लिए हैं पूरे देख लीजिए आप एक अंडा फट भी गया है बहुत अच्छा तरीक़ा से उबल जाता है इसमें अंडा तो चलिए फिर मिलेंगे नई वीडियो पे यही इंटरेस्टिंग वीडियो पर देखते हैं और कौन सी चीज़ में पैसा बर्बाद करने वाले हैं हमारे न्यू वीडियो में देखिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक बार फिर बोलता हूं दोस्तों आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा देना और कोई भी अगर न्यू अनबॉक्सिंग कराना है तो सजेस्ट करना कि कौन से वीडियो में अनबॉक्सिंग करना है हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ तो अब इसे बंद कर देते हैं और वीडियो को भी बंद कर देते हैं काफ़ी लंबा हो गया तो धन्यवाद थैंक यू फिर मिलेंगे